मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खुद के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा सोचते हैं